जहाँ में लोग होते हैं हमारी लोगों ने दीवानगी ना पहचानी हम तो आशुक हैं भीम जी पे मरते हैं नाम पर उनके देंगे कुर्बानी मुझे दुनिया कहे पागल पागल मुझे दुनिया कहे पागल Oh, oh, oh. जी के चरणों में मुझे किसी की नहीं परवाह कोई जाए महरूम में कुटिया मेरी भली है सारियों यही मेरा है करुणा कमल यही मेरा है करुणा कमल